गाँ गाँ मेरा पृथ्वीराज चौहान मूवी में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो गश्त वो मैं बताता हूं आपको क्या है। चार बास चौबीस गज सुल्तान मत चुके मत चुके ये शब्द ये वर्ड मतलब प्रयोग किए गए हैं और जब मूवी में कुछ अलग ही वर्ड प्रयोग किए जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में रावण को एक बाण चौहान शिव ने तुल को तारा, एक बाण चौहान अर्जुन ने कर्ण को संघारा एक sehara janaab ki pithara